वासुदेव सुतम देवम कंस कंसचारूण मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम आतिश पुष्प समकासम हार नुपुर शोभित रत्न कंकर कंकरम कृष्णम वंदे जगतगुरुम प्रिय दर्शकों नमस्कार मैं पंडित आशीष एष्ट्रोविद आशीष परिवार की तरफ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ प्रिय दर्शकों जन्माष्टमी का पावन पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा महानिशित काल का जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ था आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक मत करिएगा रात्रि 11 बजकर के 42 मिनट से और 12 बजकर के जो 36 मिनट तक का समय रहेगा ये भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का समय रहेगा खूब आप लोग जो है हर्षोल्लास से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइए प्रिय दर्शकों आज हम कुछ आपको ऐसे प्रयोग ऐसे उपाय बताएंगे कि जिनको यदि आपने आज के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दर्शकों कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा वैसे तो सब पर रहती है लेकिन आप पर विशेष रूप से रहेगी तो कहा जाता है दर्शकों कि जन्माष्टमी के दिन अगर आपने घर बुला करके छोटी छोटी जो कन्याएँ हैं सात हो गई नौ हो गई ग्यारह हो गई आपके सामर्थ्य के ऊपर है तो छोटी छोटी यदि कन्याओं को बुला करके खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाते हैं और जन्माष्टमी के बाद जितने भी शुक्रवार आएँ तो शुक्रवार तक की उन कन्याओं को बुलाना है और खीर और सफ़ेद मिठाई खिलाइए यकीन मानिए दर्शकों बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा आपकी आमदनी बढ़ेगी और नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिलेगा दूसरा एक प्रयोग है दर्शकों की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण मंदिर में नारियल बादाम चढ़ाने से किशमिश चढ़ाने से आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएँ भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करेंगे अगला उपाय है दर्शकों कि जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर जा कर के आप लोग दर्शन करिएगा और पीले पुष्पों की माला आपको राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना रहेगा इससे आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं ये खत्म हो जाएंगी परिवार में यदि आप चाहते हैं अगला उपाय है सुख समृद्धि बनी रहे तो जन्माष्टमी के दिन पीले चंदन या केसर में गुलाबजल मिला करके अपने मस्तक पर आप टीका लगाइए भगवान श्री कृष्ण को बिंदी लगाया करिए ऐसा करने से मन को शांति मिलेगी आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर में केले का पौधा ला सकते हैं इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और केले का वृक्ष लाने के बाद इसकी देखभाल करिए रविवार को छोड़ करके जल में हल्दी घोल करके से सभी दिन आप पौधों को जो है पानी दीजिए और फिर देखिए धन के मार्ग और आपका भाग्य कितनी जल्दी बदलता है जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को आपको पान मीठा पान अर्पित करना रहेगा और साथ ही साथ दर्शकों पीले वस्त्र आपको अर्पित करने रहेंगे साथ ही साथ एक पीले पान का पत्ता आप भगवान श्री कृष्ण को आप अर्पित करिए चढ़ाइए और उसके बाद उस पत्ते को आप अपने धन रखने की जगह पर रख सकते हैं बरक्कत होगी अगला उपाय नोट करिए कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद चीज़ों का खास करके सफ़ेद मिठाई हो गया माखन हो गया खीर का आप लोग भोग लगाइए और भोग में तुलसी के पत्ते आपको अवश्य डालना है कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे बाल गोपाल होंगे उनका यदि आप दक्षिणावर्ती संख में जल भर करके अभिषेक करते हैं भगवान का तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी ये उपाय करने से आपकी समस्त मनोकामना जो है पूर्ण हो जाएगी आप जल से भी स्नान करा सकते हैं दूध से भी करा सकते हैं सह से भी करा सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों कृष्ण मंदिर में जाना है और ओम क्लीम कृष्ण नमः इस मंत्र का आपको जाप एक बार करना रहेगा या तो आप ये मंत्र कर सकते हैं या तो क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्में प्रता क्लेश नासाय गोविंदाय नमो नमा ये दो मंत्र हमने दे दिया है इन दोनों मंत्रों का आज के दिन ग्यारह बजकर के रात्रि बयालीस मिनट से और सुबह अगले दिन मतलब बारह बजकर के छत्तीस मिनट तक आप लोग इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप करिए आपके जीवन में शुभता आएगी आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा जन्माष्टमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पीले फल पीला अनाज हल्दी केसर इन सब का यदि आप दान करते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि व माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि दोनों जो है आपको प्राप्त होगी साथ ही साथ आज के दिन यदि आप भगवान श्री कृष्ण का दूध में केसर मिला करके और शंख से अभिषेक करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी जन्माष्टमी के दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे पर घी का आप दीपक जलाइएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलते हुए 11 बार तुलसी जी की आपको परिक्रमा करनी रहेगी इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तो प्रिय दर्शकों ये जन्माष्टमी के कुछ बहुत ही विशेष और दिव्य उपाय थे फालतू की इधर उधर की बातों को ना करके हम सीधे उपाय पर आ गए आप कोई भी इनमें से एक उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन में अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कृष्ण भक्त हैं आप लोग कृष्ण भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एक अनुरोध है कभी नहीं लिखते हैं एक बार आज कमेंट बॉक्स में आप लोग जय श्री कृष्ण आप लोग जरूर लिख दीजिए दर्शकों बड़े परम आनंद की जो है अनुभूति होगी आप लोगों की उपस्थिति दर्ज हो रही है तो दर्शकों अपने इस दास को अपने इस भक्त को इजाज़त दीजिए मैं पंडित आशीष ज्योतिष के इस मंच से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं नमस्कार जय श्री कृष्ण